नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपने और हकीकत में आज हम बात करेंगे कि यदि आपको सपने में छोटा बच्चा दिखाई दे या फिर आप खुद को छोटे बच्चे के रूप में देखें तो इसका क्या अर्थ है जैसे कि हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे सबको पसंद होते हैं छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और सबको छोटे बच्चों के साथ रहना खेलना अक्सर पसंद आता है बच्चे मन के सच्चे माने जाते हैं भगवान का रूप भी माने जाते हैं बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों यदि आपको सपने में बच्चा दिखाई दिया है तो इसका अर्थ क्या है ये जानने की इच्छा मन में जरूर आती है तो चलिए जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है सपने में बच्चे के साथ यदि आप खेल रहे हो बच्चे को हंसते हुए देख रहे हो सपने में बहुत सारे बच्चों को एक साथ देख रहे हो और वो खेल कूद रहे हैं या फिर आपने सपने में बच्चे का जन्म होते हुए देखा है या फिर खुद को बच्चे के रूप में देखा है बच्चे मुस्कुरा रहे हैं खुश हैं अच्छी बातें कर रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे हैं तो ये सारी अवस्थाएं ऐसी हैं कि भविष्य में आपको सुख शांति और समृद्धि दिलवाने वाली हैं ये बताती हैं कि आने वाले जीवन में भविष्य में आपका जीवन सुख से भर जाएगा खुशियों के साथ साथ आपके जीवन में प्रेम भी बढ़ जाएगा आपके मन के अंदर छुपा हुआ बच्चा फिर से मुस्कुराएगा यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो जल्दी ही वह समाप्त हो जाएगी और हर फैसला आपके हक में हो जाएगा आपके जीवन में उमंग भर जाएगी आप प्रगति की नई सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ये तो बात हो गई शुभ अवस्थाओं के बारे में और परिणामों के बारे में लेकिन यदि आप बच्चे को सपने में कष्टदायक अवस्था में पाते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आपको सचेत रहना चाहिए ऐसे सपनों को दूसरों को बता देना चाहिए और इनका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए ऐसी कामना करनी चाहिए वैसे बच्चों को लेकर हम अक्सर संवेदनशील हो जाते हैं लेकिन ऐसा सपना देखने के बाद आपको बच्चों के प्रति चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सपना सिर्फ ये बताता है कि आने वाले समय में आपको कोई माली नुकसान हो सकता है या फिर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह सकती है तो बच्चों को लेकर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अपने नुकसान को बचाने के लिए जो भी माली नुकसान आपका हो सकता है उसके प्रति आपको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता जरूर है यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें धन्यवाद